हेलो गाइस माय स्मार्ट हेल्थ सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे पतंजलि के दिव्य शुद्ध कोंच बीज चूर्ण के बारे में जी दोस्तों आज, आज हम बात करने जा रहे हैं पतंजलि के दिव्य शुद्ध कोच बीज चूर्ण के बारे में दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार से सेक्सुअल प्रॉब्लम है अगर आपको किसी भी प्रकार की यौन दुर्बलता है तो आज का वीडियो केवल के और केवल आपके लिए है तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल माई स्मार्ट हेल्थ सपोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा इसे आप प्रेस कर लीजिए और प्रेस करने के बाद में पास में जो बेल आइकोन है इसे भी प्रेस कर लीजिए दोस्तों बेल आइकोन प्रेस करने के बाद में ओल नोटिफिकेशन को सेव आप जरूर कर लीजिएगा अगर आप वो नहीं करोगे तो आपको आगे किसी भी वीडियो की जानकारी नहीं मिल पाएगी अभी यूट्यूब की पॉलिसी चेंज हो गई है दोस्तों अगर पहले से जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोग भी चेक कर लीजिए कि आपने बेल आइकॉन दबाने के बाद में ओल नोटिफिकेशन को सेव किया है या नहीं किया है दोस्तों अगर आपको ये दिव्य कोच भी चूर्ण चाहिए या यमुनाम्रतव्टी चाहिए या पतंजलि की कोई भी अगर आपको दवाई चाहिए या फिर आप, आपकी किसी भी बीमारी को लेकर मुझसे मदद चाहते हैं मेरी पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर है इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैं आपको फ़ोन लगा के आपकी बीमारी के अनुसार आपको कंसल्टेंसी भी दे दूंगा और ये जो दवाई आपको चाहिए कोई भी चूर्ण या यमुना में टुटी या जो भी दवाई आपको चाहिए ये कुरियर के द्वारा आपके घर पे भी पहुंचा दूंगा तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके ऊपर पढ़ लेते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है इसके बाद में डिटेल में मैं आपको जो है इसके बारे में बताऊंगा और इसका दोस्तों योनामत वटी जो है इसका वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल आरआरआर रवि और पतंजलि का कॉलेज दोनों पे ऑलरेडी डाल रखा है लगभग साढ़े लाख लोगों ने उसे अभी देख लिया है तो अभी आप उसे देख लीजिए उसमें आपको इसकी पूरी जानकारी जो है मिलेगी और दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट हो क्वेश्चन हो कुछ पूछना हो तो कमेंट कर दीजिएगा मैं आपके कमेंट का दो से तीन घंटे के अंदर आंसर जरूर दूंगा दोस्तों इसके ऊपर लिखा हुआ है दिव्य शुद्ध कुंज विचूर्ण और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे डोजेस लिखा हुआ है दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ आपको कि जो डोजेज है यह आपकी बीमारी के अनुसार मैं आपको बताऊँगा कि इसको आपको कितना लेना है कौन सी दवाई के साथ में आपको इसको लेना है और किस लोगों को इसको लेना है और कौन इसको नहीं ले सकता है ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जो मैं बीमारी बता रहा हूँ इनमें से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको ये जो कोच भी चूड़ने इसकी ज़रूरत पड़े ही पड़े ऐसा नहीं है तो इसीलिए लिए आप मेरी कंसल्टेंसी ले लीजिएगा दोस्तों इंडिकेशन में लिखा है यूजफुल इन वात रोग वात रोग मतलब दोस्तों ये इसमें वात रोग में आपको काम आएगा हालांकि मतलब मैं आपको इसकी सारी डिटेल मतलब ये किन किन बीमारी में काम आने वाला है सारा मैं भी आपको इसमें वीडियो में बताने वाला हूँ यहाँ पे एक ही चीज लिखी है कि वात रोग जो होते हैं वात रोगों मतलब वात रोग मतलब जो वात के रोग होते हैं जिसमें दर्द वगैरह होता है हाथ पैर में दर्द जोड़ों में दर्द सभी में फायदा आता है हालाँकि मैं पूरा डिटेल में भी आपको बताऊँगा दोस्तों इसको ठंडी जगह पे और धूप से बचाना है और सूखी जगह पे रखना है और इसको जब भी आप उपयोग करते तो उपयोग करने के बाद में ढक्कन को अच्छे से जो है टाइट करना है दोस्तों ये 100 ग्राम का आता है और बयालीस रुपये की इसकी कीमत है बहुत सस्ता चूरन है दोस्तों ये दोस्तों ये जो कैप है इसमें आप जब भी लें तो आप देखिएगा ऐसा ओम लिखा हुआ होना चाहिए कैप के ऊपर क्योंकि दोस्तों इसमें पतंजलि में डुप्लीकेट माल बहुत ज्यादा मार्केट में बिक रहे हैं तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा कि आप कहीं डुप्लीकेट तो नहीं ले रहे हैं और जब आप इस कैप को ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद में दोस्तों आपको जो सील है सील के ऊपर भी दोस्तों आपको दिव्य और पतंजलि का जो लोगो है दिव्य का लोगो ये आपको लोगो देखने को मिल जाएगा इसके बाद में दोस्तों इसके ऊपर एक होलोग्राम भी देखने को मिलता है ये देखिए इस पे आपको जो ओरिजिनल है उसके ऊपर आपको ये होलोग्राम देखने को भी मिलेगा ठीक है होलोग्राम के ऊपर भी लिखा हुआ है दोस्तों जेन्यून ठीक है तो अगर ये सब चीज़ अगर आपके पास में है मतलब आप बिल्कुल ओरिजिनल ले रहे हैं अगर ये नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप डुप्लिकेट माल ले रहे हैं इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों आइए जानते हैं पतंजलि कोच चूर्ण के फ़ायदे के बारे में दोस्तों बेनिफिट्स ऑफ पतंजलि दिव्य कोंच बीज चूर्ण दोस्तों ये जो कोंच बीज चूर्ण है ये पूरी तरीके से शुद्ध है। मतलब इसमें जो कंपोजिशन है ये इसमें कोंच बीज चूर्ण में 100 ग्राम चूर्ण में 100 ग्राम ही कोंच बीज मिला हुआ है ठीक है मतलब इसमें दूसरी कोई भी जो है दवाई नहीं मिली हुई है आप एक बार देख लीजिए ये 100 ग्राम है और कोच बीज चूर्ण 100 ग्राम और जो पाउडर है पूरा ही 100 ग्राम का है 100 ग्राम में 100 ग्राम ही कोच बीज है तो इसके अंदर किसी भी दूसरी चीज की मिलावट नहीं है ये शुद्ध कोच बीज चूर्ण है इसीलिए यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी यौन दुर्बलता है यौन समस्याएं हैं यौन रोक है तो ऐसे में आप इसका सेवन कर सकते हैं ठीक है और ये पट्टी भीशन मतलब अर्ली डिस्चार्ज यानी शीघ्र पतन अगर होता है मतलब जब भी आप सेक्स करते हैं तो सेक्स करने के बाद में आपका वीर्य बहुत जल्दी निकल जाता है तुरंत निकल जाता है तो ऐसे में आप शुद्ध कोज भी चूर्ण का उपयोग कर सकते हैं जिन महिलाओं को भी शीघ्र पतन की शिकायत है जिन महिलाओं का भी सेक्स टाइम बहुत कम है बहुत जल्दी उनका बीजे निकल जाता है तो ऐसी महिलाएं भी कोच भी चूड़ने का सेवन कर सकती है जिन पुरुषों को और जिन महिलाओं को स्वप्न दोष होता है वेट ड्रीम्स होता है नाइट फॉल होता है तो ऐसी महिलाएं ऐसी लड़कियां ऐसे पुरुष ऐसे लड़के भी इसका सेवन कर सकते हैं अगर आप नियमित रूप से इसका सेवन करते हैं तो आपको जो है स्वप्न दोष की जो समस्या है उसमें आपको राहत देखने को मिलेगी इसके बाद में दोस्तों जिन पुरुषों के लिंग में तनाव नहीं आता है ठीक मतलब है मतलब जिनको इरेक्टाइल डिफंक्शन है जिनके लिंग में तनाव नहीं आता है ऐसे पुरुष अगर शुद्ध कोच भी चूर्ण को लेंगे तो आपके लिंग में तनाव आने लगता है जिन महिलाओं की वजाइना जिन महिलाओं की योनी टाइट नहीं है ढीली हो गई है लूज हो गई है और वो टाइट उसको करना चाहती है तो वजायना टाइट करने के लिए या फिर योनि को टाइट करने के लिए भी शुद्ध कोजबी चूर्ण का उपयोग आप कर सकते हैं जिन पुरुषों को शुक्राणुहीनता है अजू अजुस्पर्मिया है या फिर नील शुक्राणु है मतलब शुक्राणु की कमी है तो दोस्तों ऐसे पुरुष भी अगर कोंच भी चूर्ण का सेवन करेंगे तो आपके शुक्राणु की संख्या बढ़ती है और आपको की शिकायत से छुटकारा मिलता है जिन महिलाओं को और जिन पुरुषों को गैनोरिया की प्रॉब्लम है गैनोरिया की प्रॉब्लम में भी आप कोज भी चूर्ण का उपयोग कर सकते हैं दोस्तों गैनोरिया एक सेक्सुअल डिजॉर्डर होता है यौन रोग होता है ज्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैं आपको ओन कॉल पर्सनल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवा दूंगा जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी प्रॉब्लम है बांझपन है उन महिलाओं के लिए कोच भी चूड़ना फायदेमंद साबित होगा हालांकि जो मैं आपको अगर प्रेगनेंसी प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा अगर आपको प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा एज हो गई है तो दोस्तों ऐसे में आप मेरी कंसल्टेंसी ले सकते हैं मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैं आपको प्रॉपर कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवा दूँगा जिन पुरुषों को और जिन महिलाओं को धात जाती है धात जाने की शिकायत होती है ऐसे पुरुष और ऐसी महिलाएं अगर कोज भी चूर्ण का सेवन करेगी तो धात जाना आपकी जो है बंद हो जाएगी दोस्तों ये शरीर में धातुओं की पुष्टि करती है अगर आपके शरीर में शुक्र धातुओं की कमी हो गई है तो शुक्र धातु को ये बढ़ाती है शुक्र धातु के लिए कोज भी चूर्ण काफी अच्छा जो है होता है अगर आपके शरीर में शुक्र धातु बहुत ज़्यादा भी हो गया है ठीक है अगर शुक्र धातु की वृद्धि हो गई है तो ऐसे में भी आप शुद्ध कोच भी चूर्ण का सेवन कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको नींद नहीं आती है या रात को नींद आने के बाद में खुल जाती है तो ऐसे में अगर आप कोच भी चूर्ण का सेवन करेंगे तो आपको नींद आने की जो समस्या है इसमें छुटकारा मिलेगा अगर आपको डिप्रेशन की शिकायत है याददाश्त की कमी है अगर आप बार बार भूल जाते हैं याद नहीं रहता है तो ऐसे में भी आप कोच भी चूर्ण का सेवन कर सकते हैं ये कोच भी चूर्ण का अगर आप सेवन नियमित रूप से करते हैं और प्रॉपर डोजेस के साथ अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी जो है इसमें आराम देखने को मिलेगा रिलीफ देखने को मिलेगा जिन लोगों को जोड़ों का दर्द है वात रोग है वात रोग में सभी प्रकार के वात रोग आ गए हैं जिसमें जोड़ों का दर्द वगैरह हो गया है ना? सभी में काम आता है जिनको अर्ट्राइटिस के कारण भी जोड़ों में दर्द है उन लोगों को भी ये काम आएगा दोस्तों ये शरीर की जीवनी शक्ति को बढ़ाता है दोस्तों ये कोच भी चूड़ने या आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी काम आता है आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है दोस्तों ये कोच बीज चूड़ने है, इसके बहुत सारे फायदे हैं अगर मैं सारे फायदे इस वीडियो में बताने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर आप चाहते हैं कि इस, इसके आपको सारे फायदे जानने हैं तो आप स्क्रीन पे सॉरी आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे अगर बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि सर इसका पूरे फायदे का एक वीडियो बनाओ तो दोस्तों में इसके पूरे फायदे का एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको पच्चीस से तीस फायदे और मैं भी चालीस फायदे तक मैं इस कोच बीज चूड़ने के आपको बताऊँगा अगर आप चाहते हैं इसके पूरे फायदे का वीडियो में बनाऊं तो प्लीज कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों अभी इसको लेने की सेवन विधि के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि हाउ टू टेक पतंजलि शुद्ध पोच पीछ देखिए जैसा कि इसमें सेवन की विधि लिखी हुई है यहां पे दो से ग्राम आपको लेना है ठीक है लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि देखिए आपकी क्या बीमारी है किस बीमारी के लिए आप इसको लेना चाहते हैं कौन सी दवाई के साथ आप इसको लेना चाहते हैं तो वो सारी चीजें देखने के बाद में मैं आपको इसकी मात्रा बताऊंगा कि ये आपको कितनी मात्रा में और कैसे लेना है दोस्तों क्योंकि आपकी अगर बीमारी कोई है और अगर आप उसके अनुसार इसको नहीं लोगे तो दोस्तों फिर आपको ये फायदा नहीं करेगा और कम्प्लीट डोज के साथ में अगर शुद्ध कोच भी चूर्ण लिया जाए तो दोस्तों बहुत ही अच्छा ये फायदा कर देगा अगर आपको इसको लेने का तरीका जानना है या फिर अगर आपको ये कोच भी चूड़ना चाहिए तो मुझे आप WhatsApp कर दीजिएगा और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है क्वेश्चन है या कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा मैं आपकी कमेंट का दो से तीन घंटे के अंदर रिप्लाई ज़रूर करूंगा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पतंजलि प्रोडक्ट को और माई स्मार्ट हेल्थ सपोर्ट जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकोन दबा लीजिए बेल बेलाइकोन दबाने के बाद में दोस्तों ओल नोटिफिकेशन को सेव जरूर कर लीजिएगा नहीं तो आगे आने वाले वीडियो की इसकी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी और हाँ दोस्तों आप लोगों के लिए गिफ्ट भी है मेरे पास में एक दोस्तों आप लोगों के लिए गिफ्ट क्या है मैं बहुत जल्दी शुद्ध कोच भी चूर्ण का गिव अवे लेके आने वाला हूँ जिसमें आप लोगों को मैं कोच भी चूर्ण जो है बिल्कुल फ्री में दूँगा तो इसका गिव अवे जो है मैं अपने YouTube चैनल पतंजलि का कॉलेज के ऊपर लाऊंगा तो दोस्तों अगर आपने उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है तो कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को सेव कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही जल्दी मैं इसका गिव अवे लेके आने वाला हूँ हर, हर बार की तरह हर बार की तरह दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करने के लिए हमारे वीडियो को सभी लोगों को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करने के लिए इस वीडियो का लिंक कॉपी करके अपने व्हाट्सएप और फेसबुक के स्टेटस पर लगाने के लिए आप सभी लोगों का